परासिया में कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत परिवहन करने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है इसके लिए सरपंच एकता संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है सरपंच संघ का कहना है कि ऐसा करने से रेत के दामों में कमी आएगी परास जनपद अध्यक्ष और सरपंच एकता संघ के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम मनोज कुमार प्रजापति से मांग की है कि शिवपुरी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत परिवहन करने की परमिशन दी जाए क्योंकि शिवपुरी पुलिस ने इस तरह की परमिशनों को निरस्त कर दिया है जिसके कारण कमर्शियल ट्रैक्टर से रेत परिवहन किया जा रहा है जिसकी से कार भी हो रहे हैं। अगर कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत परिवहन करने की इजाजत दी जाती है तो रेत सस्ती मिलेगी और आसानी से उपलब्ध होगी सरपंचता की बैठक चार दिसंबर को आयोजित की गई है जिसमें अधिकांश सरपंचों ने यह बताया कि रेत की अनुपलब्धता होने के कारण रेत सही कीमत पर और सही समय पर नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना नाडे से जो कचरा घर स्वच्छता मिशन से शौचालय सहित अन्य निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं जो समय पर नहीं हो पा रहे हैं और उसकी लागत बढ़ जा रही है इस संबंध में वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि बारह दिसंबर को माननीय अनुभागीय राजस्व अधिकारी जी को ज्ञापन सौंप कर ये मांग की जाएगी कि कम से कम जो कृषि कार्य के लिए रायटी पर जो रेत जो ट्रैक्टर होते हैं परिवहन की अनुमति दूसरी जगह पर है उसी तरीके से हमारे ब्लॉक में भी विशेष रूप से सिपुरी क्षेत्र में भी आ, उसको उसी तरीके से स्वीकृति प्रदान की जाए जिसके कारण हमारी जित ब्लॉक की जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनको रेत निर्धारित तौर पर मिले और सही समय पर मिल जाए जिससे निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब ना हो और उसकी लागत नहीं बढ़े हमने इस संबंध में हमारे जनपद अध्यक्ष आशा अशोक अमरवंशी जी से जनपद उपाध्यक्ष जमील खान जी से और हमारे पूरे जनपद अध्यक्ष जो हमारे सभापति भी हैं रईस खान जी से भी विधायक जी से भी हमने निवेदन किया है कि वो इस संबंध में जो ग्राम पंचायत को समस्याएं आ रही हैं उसको आगे आ कर के उसका निराकरण कराने में करें हम हमें खुशी है कि आज ये सभी लोग हमारे